परमेश्वर ने मसीह उस पॉलिस के दौरान इतने बातें करते है कि तुम तो किस तरह बने रहो शांति में और उसकी महिमा के लिए तुम तो तैयार हो जाओ हमें लिया किसके लिए उसके महिमा के लिए उसके महिमा के लिए, लिए हमें तैयार होना है और उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना है और उनके पवित्र के लहू के समान हमें चलना है हमें नालो लोया किस तरह के दूध में कुछ कचरा गिर गया तो क्या होगा क्या होगा दूध में कचरा गिरा तो टूट जाएगा कितने संभाल के हम देखे भी आए गए तो वो समय पर अगर थोड़ा टाइम बिगड़ गया तो हम कितना 40 लीटर दूध जो आज इस मतलब लगा के देखिए देखिए हमें दही बनाना है हमें अच्छे दूध गर्म करना है बच्चों को रेस्ट देकर पिलाने खोकर जब हम ऐसे सपनों को जब लेके आते जब दूध वो दूध क्या होता है क्या हो जाता दूध क्यों समय के अनुसार उसका इस्तेमाल इस्तेमाल इस्तेमाल समय समय के उसका नहीं। समय के अनुसार अनुसार हम प्रभु में उसी वचन के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह में भयभक्ति होकर उन्नति में होकर सामर्थ्य से होकर प्रभु में बढ़ना है तब जाकर तुम्हारे जो कीमती समय तुम मुझ में बिताओगे तो मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा समय तुम मुझ पे दोगे तो उसी तरह यहाँ पर तीसरा वचन कौन पढ़ेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का हाँ। और पिता का धन्यवाद होगी हाँ। उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष किसके प्रेम में पवित्र प्रेम में पवित्र लघु से पवित्र ये मसीह के मध्य में हमें कैसे रहना है एकदम शुद्धता में रहना है एकदम पवित्र में हमें जीना है संसारे जैसे आदि में परमेश्वर ने आकाश और बनाया था उसने जब एकदम बनाया, उसने बहुत बहुत पवित्र से बनाया, उसने बहुत बनाया। उसने आशा लेकर परंतु वहाँ पर एक शब्द होता है कि वो सैतन के बातों को सुनकर में क्या कर लिया जो पवित्र तो जीवन को उसने नाश कर दिया किसने नाश किया किया किया किया क्या क्या क्या क्या क्या क्या परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर ने ने ने के से प्रेम करना बुरा किया किया? कि बनाया कि किया? कि ने को बनाया बुराई बुराई मनुष्य को कुछ अच्छा ही सोचा है कि मेरे बच्चों को जब मैंने अपने हाथों से बना है तो मैं उससे में अपने स्वरूप में जब बना तो और मुझे अपने समान चलना चाहिए अपने समान मेरे समान वो चलने चाहिए कौन चलने चाहिए जैसे कि अभी अपने घरों में अगर कोई अगर कोई व्यक्ति वो बालक या बेटी या कोई भी हमारे घर यादव अच्छा होगा तो कितना कितना खुश होता है हमें हाँ एक उदाहरण में आप लोगों को बता रही दी अगर वो खुशी में हम जब लड़का चाहते है वो तो लड़की हो गया तो कोई निराश होता है कोई लड़की हो गया तो लड़का हो गया तो निराश होता है किस में जो तुम्हारे आशा जब लगा के लगा कर स्वर्ग आ जाए हमें स्वर्ग लोकम हो या परलोकम हो मुखी बोल देखो या को ची टे है ना हमें बेटा दिया बोलकर तो मैं खुश जब तो बेटा के इतना होता तो परमेश्वर परमेश्वर ने क्या हुआ हुआ था? हुआ था कि मैं सब सब कुछ बनाया और मेरे इस बगीचा में आकर मेरा संतान ने रहेगा तो मैं क्या होगा और इस बगीचा में मेरे संतान ने होगा केले गए कूदे गए तो क्या होगा यह बगीचा तो परमेश्वर ने मनुष्य को बना के गलत किया मेरे प्रियो जो प्रभु की बातों को नई होता है वो कहाँ पे जाएगा कहां पे जाएगा नर्क में जाएगा हाँ मेरा लोहिया के रोज बात करने वाला इस्तेमाल मैं करे कोई नया भाषा नहीं करो मैं मुझे फटाफट जवाब चाहिए तो उसी समय पर बगीचे में जो अपने स्वरूप अपने मानव बनाया इसी तरह यहाँ पर बोलता है कि जैसा ने जगत से प्यार किया और इसने अपने बाया और इतना प्यार किया वो हमारे लिए एक पवित्र स्थान तैयार किया है हमारे लिए एक स्वर्ग का द्वार हमें तैयार किया है उससे हमें क्या करना है कि तुम तैयार हो पिता के घर पहुंचने के लिए तो पवित्र बनो और तुम प्रेम करो किससे अपने बच्चों से नहीं मुझसे प्रेम पति से नहीं मुझसे प्रेम करो। जब तुम प्रेमी बनकर संसार में जब आए प्रेमी बनकर जब तुम चलते है तो किसके द्वारा तुम प्रेमी बन गए किसके द्वारा प्रेमी बन गए प्रभु येसु मसीह के द्वारा क्योंकि उसने अपने बच्चों पर अपने बच्चों पर उसने इतना कृपा किया कि मेरा बेटा मेरा कि मेरे पिता के नामों को हमें उच्चा करना उस पिता परमेश्वर के नामों को हमें उछा करना उसके वचनों के अनुसार हमें चलना है प्रभु यीशु मसीह जिस तरह पौलिस ने हर एक लोगों के लिए हर कलिशाह के लिए उन्होंने घटनाए एक एक वचन के अनुसार उसने हिम्मत लेकर आगे बढ़ा हमें लिया हमें पवित्र लोहो से जब हम दुआ है आप पवित्र लोहो से हम जागृत है तो पिता यीशु मसीह के पास भी हमें उसी तरह में पढ़ना है उसी तरह हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन में, में चलना है उसी तरह प्रभु के मार्ग में, में चलना है और तब तो वहाँ पर कहता है कि कि वचन और और जीवन अपनी इच्छा के के के अभिप्राय अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया हाँ। यीशु मसीह द्वारा हम उसके लेपाल पुत्र हो हाँ। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो हाँ। जिससे हाँ। उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया हम तो उसमें, उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा हाँ। उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है अनुसार अनुसार लहू के के द्वारा पवित्र प्रेम पवित्र लहू लहुस्य पौलुष यहाँ पर सभी से कहता है कलिश से कहता है कि ये तो पवित्र बनो वो पवित्र लहुस्य में द्वाया है तो पवित्र बना हमें पवित्र के अनुसार जिएगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा जिये परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार करकर और उसने इतना खुश हो गया खुश होने के समय पर एक गलती करके से डोहा को क्या कहा लोहा को क्या कहा अभी आप उत्पत्ति अपने पड़ बनाओ। परमेश्वर ने लोहा से कहा मैं इतने क्रोधित हो गया हूं कि सारा संसार को मैं उल्टा सारे संसार को मैं उल्टा कर दूंगा इसलिए मेरा लोहा मैं प्रेम करता हूँ क्यों परमेश्वर से से से प्रेम किया क्यों वो वो व्यक्ति उसी में से में पैदा पैदा नहीं नहीं हुआ हुआ क्या क्या उनके गर्भ परिवार में से नहीं हुआ क्या लोहा से नहीं बना है क्या के में परमेश्वर ने स्वास्थ्य नहीं पुका क्यों उसे अधिकार से कहा क्योंकि वो केवल प्रभु के बातों को सुनकर और परमेश्वर के पर चलता रहा इसलिए परमेश्वर ने लोहा को लिया मेरे इसलिए इसीलिए जबकि आधा मोहा को बना है परमेश्वर ने उसे प्यार नहीं किया और जब लोहा को जब उसने परमेश्वर और उसके दोनों बातों को आमने सामने जब हुआ परमेश्वर के बातों सुना कौन लोहा उसके आदि में चलते थे उनके परछाई में जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही लोहा चलने लगा उसी तरह चला इसलिए परमेश्वर उससे प्यार किया और तब कहा कि तू अपने लिए अपने बच्चों के लिए लोहा नौ, अनेक बना परमेश्वर की बातों को तो सुनकर लोहा ने उसी तरह किया और परमेश्वर ने का परिवार को क्या किया आशीष का उसमें पढ़ो आप के परमिशन जब उसने इतने प्यार करने के बाद जब क्या हुआ सारा संसार सारा संसार पछले के समान अलग सारा संसार क्या हुआ मछली के समान तड़पने लगे मछली के समान, उड़ी लगे।, के समान अपने आप को करने लगे, अपने अपने आप आप को को करने जब परमेश्वर से कहता है, हे hey, परमेश्वर, मुझे बचा ले मुझे बचा ले परमेश्वर ने जब नो को अधिकार दिया तो जिससे प्यार करता है तो अपने नाव पे ले, ले। आदिवासी से भी प्यार किया लोहा में रहने वाले से भी प्यार किया परमेश्वर जब उनका जीवन के पास है तो परमेश्वर ये चुना कि को के चुना है, है। आदिवासी जंगल में रहने वाले सुंदरता रहता है वो अपने वस्त्र में रहता है क्यों उन्हें बच्चा रहा क्योंकि वो पाप के डल डर में ना गिरे एक में ना गिरे इसलिए तो लास्ट में क्या हुआ सब डूब गए कौन बच गए हमें ना ललिया कौन बचा इसी तरह परमेश्वर के भय मानने से परमेश्वर हमें बचाएगा परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेगा तो परमेश्वर हमें बचाएगा, परमेश्वर परमेश्वर के में की हम तो में डर तो परमेश्वर बचाएगा, परमेश्वर कभी आंख नहीं बनता है बंद बन नहीं करेगा परमेश्वर हमेशा आंख खुला रखता है हम मनुष्य बंद करते है हमें एक दिन नाइट में अगर प्रार्थना करेंगे सबका तोड़ा बारह बच जाता कल का चिंता करते हमें टिफिन बनाना भेजना है हमें काम पे जाना है अरे सुबह सुबह का देखते है के देखो। का देखते देखो टिफिन बनेगा या नहीं बनेगा वो देखो सुबह के समय पर तुम स्कूल में जाओगे नहीं वो देखो प्रभु को परमेश्वर का आ गया तुम जितने सपने देखे थे कि मैं मैं एक रात अगर में गुजर जाऊं तो मेरा नहीं बनेगा तुम सोए जाकर मैं अगर भूखा कहा बनाओगे अपने बच्चों को तैयार कहा टिफिन बनाकर कहाँ पे जाओगे तुम अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लेखाने के लिए कमाई करने के लिए मेरे हमें प्रभु का समय को तो चोरी नहीं करना है हम में, है, प्रभु, में है, तो प्रभु के भक्ति में रहकर हम जिएगा तो ही परमेश्वर तुम्हें सुबह का सूरज दिखाएगा जब समय कुछ कहे तो पे जाएंगे तो बारा एक बजे तक हम बाहर भी रहते टाइम नहीं कि सुबह तो तो देखते नहीं आता सुबह काम पे जाने के बारे में तो चिंता नहीं आता हम जाते हमें मेहमान से पहला प्यार करना हमें जाना है। मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है तुम अगर परमेश्वर की बातों पर बातों पर नहीं चलोगे वो लहु तुम्हारे पर नहीं काम आएगा वो प्यार तुम्हारे पर नहीं काम आएगा और वहाँ पर सात वचन हमको उसमें उसके लहु के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर महुचा से किया क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उसके अभिप्राय के अनुसार हमें बताया आ, जिसे उसने अपने आप में ठान था। या। लिया था किसने ठान लिया यीशु मसीह का वचन को बता रहे हैं उसने अपने आप को अपने ऊपर इतना प्यार किया उसने उसने अपने पर इतना कृपा किया वो अपने लिए टांग लिया कि मेरे बच्चों को मैं अच्छे मार्ग चला। पर चलाऊं। उसके अनुसार हमें चलाओ वहाँ पर है। मैंने अपने पिता को तो नहीं देखा परंतु तो मैं सुचार सुनकर मैं प्रभु को तो उस सपनों में मैंने मैंने देखा था था दर्शन में मैंने पाया लेकिन मैं प्रभु मसीह के साथ तो नहीं चला परंतु तो तुम्हारे मुंह से निकलती शब्द को मैं उसे ग्रहण करता हूँ जो तुम्हारे मुंह से निकलती हर शब्द जो प्रभु के वचन जो तुम्हारे मुँह से निकलती है वो शब्द सुनकर अपने आप में पवित्र बड़े बड़े कामों को तुमने देखा है और प्रभु को देखा है उसने कितने कितने तकलीफ उठाए है उसने तुमने देखा है पर देखा मेरा प्रभु कैसा था मेरा प्रभु कैसे सुंदर था पर और सारे शिष्य है। उन शब्दों के द्वारा जब एक मूर्ख व्यक्ति बदल जाता है तो हम कौन से मिट्टी के हैं? हम कौन से मिट्टी के हैं? हम कौन से लोहा के हैं? हम किस पत्थर से बने हैं पत्थर से बनेगा तो कभी वो पिगल नहीं पाएगा जब परमेश्वर का क्रोध आएगा वो पत्थर में बदल जाएगा, ताकि वो वो तुम्हारे के अंदर तुम्हारे पे लग जाएगा। जब एक गोलिया को मारने के लिए धाऊ कितना बड़ा पत्थर लिया कितने बड़ा पत्थर लिया गोलियत छोटा छोटा पत्थर सोच छोटा पत्थर उस क्षेत्र से हमें दूर रहना है उस पापी व्यक्ति से हमें दूर रहना है वो सैतान की पीढ़ी से हमें दूर रहना है से हमें दूर रहना बोलते है केवल प्रार्थना वो गामित महाराज एक ही कहा मेरे पिता मेरा इसमें तेरी हो। इसमें तेरी हो। ताकि सारे सेना सब इनके में गुलामी बन जाएंगे चाहता कि ये सारे के में गुलामी बने और ताकि झुक जाए मैं नहीं चाहता हूँ कई बातों में इसने सोचा होगा कई बारे में उसने चिंता किया होगा क्यों तूने तो सारे जगत से हमसे प्यार किया है, ये के आगे हम क्यों है? क्यों हमें खाना देता है वो प्रेमी हमें खाना देता है वो प्रेमी हमें संभालता है वो व्यक्ति हमें संभालता है वो व्यक्ति क्या हमें चलाता है कौन संभालता हमें प्रभु यशो अगर तुम सुबह के सूरज को नहीं देखोगे तो तिपिर नहीं बन पाओगे, पाओगे? इसलिए मेरे प्रिय वहां पास ने इतने बड़े सामर से बड़ा कहा से उठा उसने नदी से उठा कितने पत्थर कितने पत्थर उठाया क्योंकि अगर तुम सही परमेश्वर पे तुम पे चलोगे सही बात के अनुसार चलोगे प्रभु के बे मानोगे पवित्र लहू के द्वारा जब पवित्र लोह पीते हैं प्रभु का वचन आने वचन का आने खाते हैं पढ़ते हैं और प्रभु रोटिया जब खाते हैं है सोचना है मैं क्या करोगे मैं क्या कर रहा हूँ साथ बात कर रहा हूं। जो मेरे में नहीं है मेरे चार चल में में नहीं नहीं नहीं है, है, है, है? प्रेमी कराने के लिए नहीं है। तो व्यक्ति से मैं कैसे बात कौन अगर प्रभु के पास अगर सही रहेगा तो बड़े से बड़े शत्रु भी हमारे प्रभु के साम से वो चुक जाएगा अगर हमारा मार्ग सही है तो जब कदम बढ़ाते हैं ना तो पीछे नहीं हटना चाहिए सच्चे मार्ग के लिए सच्चे मार्ग के लिए, उनकी बहना रहना है सामर्थ्य में रहना है जब जाके बोलिया तुमने इससे पहले मैंने क्या कहा अगर तुम नहीं सुनेगा तो कब चित्तना पता नहीं कब उड़ जाएगा पता नहीं लेकिन वो चट्टान में से इतना आकर क्या होगा? तुम्हारे माथे पे इसी तरह यहाँ पर में पिता, बोलिया तुमने तू दया कर मुझ परमेश्वर राउत महाराज ने कुछ उठा कर बोलिया तू एक ही पत्थर से मारा मेरा प्रियो इतना सामर्थ मेरे प्रभु मेरा पता है इतना बहुत शक्ति है हमें परमेश्वर सहने का भी शक्ति दिया है हमें के के तो करोगे हर मुसीबत के सामना हर मुसीबत के सामना करोगे।, करोगे अगर वो सामना नहीं करेगा तो हम किस, किसे बने आ? से बने मेरा, मेरा का पर हम बने मिट्टी से मिट्टी में पानी तो क्या होगा क्या होगा घी का हो जाएगा कुछ काम का आएगा है ना? अगर उसको सीधा धूप में कड़ा करेगा तो सुख जाएगा अब गिरेगा तभी टूटेगा वो टूटेगा, टूटेगा? के बाद तुम इतना प्यार से, से प्रेम मेरा को, मेरा बेटे बेटे को, को अच्छा नंबर अच्छा लाने, मेरा मेरा अच्छा लाने दो जब मिट्टी से हम अच्छा बच्चों के लिए पुतला या मटका या हर चीज जब बना के देते स्कूल में कितना भी पैसा उन्हें दो के अगर वो सही में बनेगा तो तुमको तो मिलेगा तो इतने कदम बड़ा कर, जब आया, वो तो अगर सीधा नहीं बना तो तुम्हें मार्क्स मिलेगा जब मेहनत से जब हम बनाकर बच्चों के हाथ में देने के बाद भी वो मार्क्स अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो बच्चे को हम क्या करते क्या करते अच्छा। क्यों क्यों मारते मारते बच्चों को जोर से क्यों मार्क्स कम लाया पटी कौन लाया मटी कौन लाए बोलो जल्दी जल्दी लोग लाए है ना बनाया कौन सपोर्ट कौन दिया बच्चे लोग सपोर्ट दिया मम्मी ऐसा नहीं मम्मी ऐसा बोला टीचर मम्मी वैसा बोला टीचर, टीचर। मालूम मेरे मामलो को क्या बनाने का जब एक बच्चे जब बोल रहा है कि मम्मी मुझे ये रूप में बनाना है तो उस बातों को नहीं सुनते हम लोग पढ़ा नहीं किया हम लोग को मालूम नहीं क्या आया बड़ा मन से जब बन आया और बच्चे में है तो क्या मार्क्स मिला क्या मिला उसे ने किसको बच्चे ने किसको दंडा दिया बच्चे ने किसको दंडा दिया क्यों मैं बच्चे ने किसको दंडा दिया क्यों मम्मी मैंने टीचर ने मुझे ऐसा बताया था लेकिन आपने ऐसा नहीं सुना। इसके वजह से माँ का शब्द क्या हुआ मां का शब्द क्या हुआ उतर गया माँ का धंडा उतर गया मां किसको तो पड़ी किसको तो पड़ी मार जोर से बोलो डरने का नहीं ना। ना। परमेश्वर क्या बोलते हैं बच्चों को मेरे पास आने मत करो क्योंकि वो सही बोलता है सच्चा बोलता है उसे मेरे पास आने इसी तरह पवल भी वही कहता है परमेश्वर मेरे पिता इतने सामर्थ लहुसने खरीद लिया है उसके लहुस से हमें धोया है तो हम क्या करना चाहिए उस पिता के लिए हमें क्या करना है मेरा प्रभु यहाँ पर मन यहोना भी वही कहा देने वाला यहोना भी वही कहा? मन पिराव यहाँ पर भी पौलुष भी मन पिराव कहता है क्या जाए? कहता है क्या है मन की मेरे प्रियो पौलुस सेवा किया है के एक पे कौन देखेगा वो पे कौन देखेगा छुप छुप के सेवा किया देखिए पौलू चट्टान के मध्य आकाश में कड़ा होकर एक सिंहासन पर कड़ा होकर कल्पना बोली मैंने देखा नहीं मेरे वचन में सीना के हो गया इस सर के संतान सुनो मेरी बात हे मूर्ख में रहने वाले सुनो सभी ने क्या किया जबकि उसने प्यार से सुनो, प्यार से मेरा प्रभु ने किया देखो प्रभु ने मुझे बदल दिया दिया प्रभु प्रभु ने ने ने मुझे मुझे अच्छे मार्ग पे चलाया देखो मेरा मेरा मैंने यीशु यीशु को देखा मुझ पर इतना किया मैं ऐसा पापी था मेरा मन बदल गया उतने प्यार से सुचार सुनाया कुछ भी बगता है सब जन अंसुले किया कोई उसके बातों को कोई इसकी बातों को नहीं सुना कोई इसकी बातों पे नहीं ध्यान दिया सब इसे पागल कहने लगा जबकि परमेश्वर का इतना परमेश्वर की उसके ऊपर इतने कृपा उसने साम से बढ़ने के बाद वो अधिकार मिला हे की संतान सुनो मेरे परमेश्वर की बातों जो प्रभु यीशु ने मुझ पे दिया है अब समय है तुम मन पिरा और पाप छोड़ो प्रभु के मात पे चुनो सही मार्ग पर चलो क्योंकि वो परमेश्वर ऐसे बुराई से बचाया है। वो यीशु ने मैं कितने लोगों को मार डाला था वो सभी को मेरा परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया मैंने शिक्षा नहीं पाया प्रभु प्यार करने वाला है शिक्षा देने वाला गलत हम प्रभु के नजर में गलत रहोगे आप परमेश्वर के आगे गलत रहेगा तो परमेश्वर भी हम कहता है कि मैं तुझे नहीं जाऊँगा वहाँ पर वचन पढ़ेंगे ग्यारह वचन किसने चापा है किसने चापा है? है। ने हम पर उसके का चापा में दिया उसने महिमा से भर दिया है उस पिता की महिमा करो उस पिता की महिमा में उसके पिता के अनुसार तुम चलो इसी तरह मेरा प्रियो प्रभु के वचनों में हमें भय भक्ति में जीना है हाँ प्रभु के वचन में हमें भय भक्ति में जीना है प्रभु के वचन के अनुसार हमें चलना है तब जाके प्रभु आप पर उसकी और उसके महिमा आप पर बने रहती है लोलुया उसका प्रेम हमेशा बना रहता है क्योंकि पौलिस ने बहुत प्यार किया है कलिशा से बहुत प्यार किया है कलिशा को अच्छा रहना अच्छा वस्त्र पहनना अपन कैसा रहना चाहिए विश्वासी कैसा रहना चाहिए घूंगटना हो तो वो क्या करे क्या करे टकला भी मैं है मेरा चमक रही है ना टकला जिसके सर पर घुघटता हो तो वो क्या करे अपने सर को और लड़के लोग जो बाल बढ़ाएगा, उसको क्या करना है चोटी बांधना है। चोटी बांधना है। चोटी है। बांधना कितने रकम का छोटी भागना है तीन रकम का छोटी बांधना है की किताब को पढ़ो की किताब पढ़ो लड़कों को कितना तीन चोटी स्त्रियों के सर पे भुघटना हो तो वो टकला। मेरे प्रियो हमें प्रभु के सामन के अनुसार प्रभु के भय के अनुसार प्रभु के वचन के अनुसार और प्रभु युष्य ने हम पर इतना प्यार किया पॉलस भी भी वही मार्ग जो प्रभु यीशु ने लिया था के के आगे के में हमें रहकर जब चलेंगे तो वचन पर इस कारण, इस कारण, इस कारण भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो मसीह का पिता है तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आँखें ज्योतिम ज्योतिमर्य हो कि तुम जान लो कि उसकी गुलाखट की आशा क्या है उस पवित्र लोगों में उसकी निराश की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ में जो विश्वास करते है कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस के अनुसार जो उसने किया उसके उसको मरे हुए में से जिला कर स्वर्गीय स्थान में अपने दायने और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक, एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोग में पर आने वाले लोग वस्तुओं पर शिरोमणि धराया, ठहराया को दे दिया यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है क्या दिया है कदिशा को शिरोमणि शिरोमणि का तो मतलब पता है जो तुम प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना में भय भक्ति लेकर चले गए तो तुम मरने के बाद भी और तुम्हारा मन और तुम्हारा दिल और तुम्हारा जो चा चलन आकर तुम परमेश्वर ने भवन में हो या संसार में हो अगर तुम सही रहोगे तो अब शहर हो गए तो तुम्हें क्या मिलेगा शिरोमणि के मुकुट प्रभु में हमें क्या लेना है शिरोमणि के समान उसके मुकुट के लिए हम तैयार होना चाहिए मुकुट के लिए हम तैयार होना चाहिए वहाँ पर पौलो से इसी तरह प्यार करता है कि मैं जो चाहता हूँ मेरा परमेश्वर ने इतना प्यार किया है वैसे तुम तो बनो बनोशिया अपने आप को एक मार्ग पर चलो और अन्य जाति लोग तुम अपने मन को अपने अपने दिन में अपने रातों में तुम मेरे नाम की जो तुति करोगे तो तुम्हारे साथ में रहोगा और तुम्हारे पाप को मैं क्षमा करूंगा कोई मनुष्य क्षमा नहीं कर सकता मेरा प्रभु यश मसी क्षमा कर सकता मेरा प्रभु यशु क्षमा करता है मनुष्य के बनाते हैं मनुष्य के वां के बातें करते हैं लेकिन प्रभु मसीह कभी नहीं छोड़ता प्रभु यशु मसीह कहते हैं अभी भी समय है, अपना मन को फिरा लो आप समय है कि मैं संसार डुबाने पर अभी भी समय है। आप अगर तुम सही मार्ग में ले चलोगे तो फिर से पाप के दर्द में गिर जाओगे के में मर जाओगे। जब तो कि तुम मर गए तो भी एक समय पर मैं तर्थी तर्थी सुनाया और मार दिखाया और दिखाया कि आने वाले दिनों पर तुम जो परमेश्वर पर इस मसीह पर विश्वास करते ना करते वे अपनी इच्छा के अनुसार चलेगा प्रभु परमेश्वर वापस संसार में डुबा देगा उस समय पर हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं सुनाने वालों को रखा है मैं प्रार्थना करने वालों को रखा है मैंने कलिशा को रखा है क्या तुम एक मार्ग पर चलो अपने आप को बचा लो अप आप से जुड़ जाओ और बीमारी से मुक्त हो जाओ और तुम पापी में रहकर ना जियो तुम पवित्र बनकर जियो और आत्मा से बनो ताकि आने वाले दिनों आरोप तुम मुख्य लेने के लिए तैयार बन जाओ पवित्र आत्मा का मुकुट लेने के लिए जब तुम तो संसार में मुकुंट पर लेकर वो अन्य भाषा पे, पे प्रार्थना तब जाकर कलिशा के ऊपर लिया जाएगा और उसमें जो बसते हैं वो मुकुट पाएगा वो शिरोमणि का मुकुट परमेश्वर के पे आते हलो लिया परमेश्वर के बाएं बाहे आते हम प्रभु को डरना मेरे प्रियोग प्रभु के वचनों के लिए हम डरना है प्रभु के सामर्थ के लिए हमें डरना है, है। प्रभु का सामर्थ प्रभु का पर करोगे प्रभु मेरा नजर को आप भी बदलाओगे प्रभु मेरा बोली को आप बदलाओगे प्रभु मेरा चार चलन को आप बदलाओगे प्रभु आप मेरे साथ रहकर आप सही मार्ग पर चलोगे बुराई से मुझे बचाओगे प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई मुझे तेरे सिवा कोई मुझ पर कितने लोग जादू करते होंगे? टोना कुछ नहीं प्रभु तुम मेरे साथ मेरा साथ रह कोई जादू टोना कुछ नहीं कर सकता प्रभु कोई बीमारी मुझे चू नहीं सकते है क्यूँकी तुम मुझ में मैं मर भी गया प्रभु आपके लिए मैं जीव तो भी मैं आपके लिए मेरा प्रभु तो मेरा मातुर, एक मा को एक बदल दिया हमेरा तो, ललोया हमें भी, भी सामर्थ के अनुसार हमें चल रहा है उस पिता परमेश्वर के वचन पर उसके भयभक्ति के अनुसार तो यहाँ पौल सम के गुस्सी बद भी आए मर भी जाए सबके सब मिट्टी में मिट भी जाए हमें कुछ नहीं कुछ नहीं हमें कुछ चाहे कोई कुछ भी कहे हमें गम नहीं क्योंकि प्रभु के लिए सत्य वचन के अनुसार अगर तुम सुबह सूरह देखना है तो हमें प्रातः एक दिन घटाना है प्रार्थना इसलिए होता है संभाला आपको धन्यवाद की मतलब है प्रार्थना प्रार्थना प्रभु जब पुरुष चलने के समय पर सभी लोगों को बुलाया एक घंटा मेरे लिए प्रार्थना नहीं करोगे एक निमिट मेरे लिए प्रार्थना नहीं करोगे वहां पर क्या कर सकते मैसे प्रभु हाथ लड़के अरे मनुष्यों कब तक तुम्हारा हाथ बंद करोगे? करोगेखो कब तक तुम्हारे हाथ बंद करोगे सर के संतान तुम मिट्टी छाटते रहोगे परंतु तो तुम स्वरों में नहीं तुम कलिशा को नहीं उठते हुए देखोगे ना उस ताज को तुम पहनने के लिए योग्य नहीं मेरे हमें प्रार्थना में एक दिन घटाना है एक नाइट प्रार्थना में घटाना है समय को घटाना है प्रभु आने वाला मुसीबत से साथ बचाता होगा आने वाला बीमारी से बचाता होगा आने वाला जो काटेगा जो पसेगा, वो परमेश्वर बचाता होगा प्रिय इसलिए प्रभु यशु मसीह ने अपने दिल को छोड़ लिया ये मरने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ दिया कभी मेरे बातों पे ध्यान नहीं देगा क्योंकि उसे कौन क्या पसंद है मनुष्यों को क्या पसंद है क्या पसंद है? मारना पसंद। क्या पसंद है? मारना पसंद पसंद पसंद है है मारना मारना काम काम किया, किया का तक गया ना। सब में थक गया प्रभु क्या करो मैं बैठे जाए मैं, मैं प्रार्थना करती हूँ मैं बाइबल पढ़ती हूँ मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु प्रभु बोलता है तो क्या करते हो उठना बैठना या एक छोटा सा पैमा पैमा करते दो दो दो। उसकी पैमा करते है गया संसार संसार संसार में सुनाया। संसार में बड़े -बड़े संसार में सुना में सुनाया बड़े-बड़े को किया किया प्यार जो वो स्वर्ग जाएगा जो नहीं सुनेगा वो धरती पे रह जाएगा जो प्रभु के पर भक्ति पे चलेगा अपने मन को परिवर्तन करेगा वो जरूर कलि लोया क्या देखे स्वर्ग का ताज देखी गए प्रभु स्वच्छ आशीष